एक छोटे से बच्चे को सिखाते हम जय जय करो वो हाथ जोड़ लेता है और यही अंत में बुढ़ापे तक हम भगवान का नाम लेते रहते हैं तो एक ही ऐसा आश्रय था जीवन भर में जो कभी बदला नहीं वो था भगवान का आश्रय तो जो बदले ना वो सच तो सत्य मानी भगवान